हम सभी अपनी ज़िंदगी में जब भी कुछ नया शुरू करते हैं चाहे वो जॉब करना बिज़नेस करना कोई नया आइडिया या कोई नई खोज हो तो सबसे पहले हम अपने आसपास के लोगों को बताते हैं ये लोग आपके दोस्त हो सकते हैं या आपके परिवार के लोग पर बहुत कम लोग ही अपने आइडिया या अपने मनपसंद काम को कामयाबी में बदल पाते हैं ऐसा क्यों होता है इसका कारण होता है कि आप कैसे लोगों को बताते हैं कहीं उनकी मानसिकता नकारात्मक तो नहीं है कहीं उन्हें नहीं कर सकता हूं ऐसे बात के तो बहुत पसंद नहीं है ऐसी नकारात्मक सोच वाले लोग हमेशा आपसे बहुत छोटा है तू नहीं कर सकता इसे तेरी शिक्षा इस लायक नहीं है इसे करेगा तो तू कामयाब नहीं होगा बेहतर यही होगा तेरे लिए कि तू इसे छोड़ दे क्यूँ अपना समय बर्बाद कर रहा है फालतू इस में इसमें कुछ नहीं रखा है जरा सोचिए कि सबसे खतरनाक लोग वह नहीं जो आपको डंडों तो आत्मविश्वास और कुछ नई सोच और जीतने की इच्छा को मार देते हैं और आपकी कामयाबी के रास्ते को बंद कर देते हैं जब आप कहते हैं कि दूसरे तो कर रहे हैं उसी काम को जो आप करना चाहते हैं और आप भी उसे कर सकते हैं तो वो कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास पर्याप्त तो साधन नहीं है जो इस काम को करने के लिए चाहिए इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह लोग झूठ बोल रहे हैं मगर आप उनकी बातों को सुनते हो और सोचते हो कि वह तो मेरा दोस्त है वो मेरा भला चाहता है वह आपको खुद से ज़्यादा जानता है बिना यह जाने कि आपके लिए क्या सही है और फिर क्या आपकी कामयाबी आपसे दूर चली जाती है ज़रा सोचिए दोस्तों जो कामयाबी आपको मिल सकती थी वह आपसे दूर चली जाती है कुछ नकारात्मक सोच वाले लोगों के कारण याद रखें दोस्तों सबसे खतरनाक लोग वह नहीं जो आपको डंडों या चाकू से लूटते हैं बल्कि वह लोग हैं जो आपकी कामयाबी के लिए खतरा है लूटा हुआ धन तो वापस कमाया जा सकता है पर गुजरा हुआ समय नहीं जो छोटी सोच और नकारात्मक विचार वाले लोगों के कारण आप खो देते हैं अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगे तो हमें लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें